अपने अपमान का प्रतिशोध मैं अपने कर्म से लूंगा कि अपने अपमान का प्रतिशोध मैं अपने कर्म से लूंगा कमजोर मेरा वक़्त है इरादा नहीं